नमस्कार दोस्तों मैं निपुण आलम्बेन और आपके साथ भारतीय राजव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी का सेशन कक्षाएँ प्रारंभ कर रहा हूं और आज का जो पहला लेक्चर है उस लेक्चर में हम जानेंगे भारतीय राजव्यवस्था का एक परिचय संविधान का एक परिचय कि राजव्यवस्था क्या होती है व्हाट इज़ पॉलिटी व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मैनी पार्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे जो संविधान हैं उसमें कितने पार्ट्स हैं संविधान का काम क्या है संविधान के अंदर कितने अनुच्छेद हैं कितनी अनुसूचियां हैं इन तमाम बातों को आज के लेक्चर में आज की कक्षा में हम जानेंगे तो दोस्तों शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था तो पहला लेक्चर आज हमारा वो होगा आपका किसका भारतीय राज्य व्यवस्था का परिचय फर्स्ट दोस्तों मेरी जो पीपीटी पी हैं स्लाइड्स हैं वो पूरी स्लाइड्स जो मेरी हैं वो हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं आपको सपोर्ट में मिल जाएंगी आप जिस भी मीडियम की स्लाइड्स चाहेंगे वो आपको दोनों मीडियम में आपको पीपीटी मेरी उपलब्ध होगी अगर आप हिंदी में चाहेंगे तो हिंदी में उपलब्ध होगी इंग्लिश में चाहेंगे तो इंग्लिश में उपलब्ध होंगी यहाँ पर मैं इंग्लिश में आपको शो करूँगा लेकिन जब आप कोर्स लेंगे तो कोर्स में आपको हिंदी में भी स्लाइड सेम जो यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में वही सेम आपको हिंदी में भी अवेलेबल होगा लेकिन मैं शो करने में इंग्लिश में रहूंगा और मेरी जो लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी में रहेगी ताकि आप इंग्लिश के वर्ड से भी आपको जानकारी मिले कि कोई वर्ड है राज्यव्यवस्था को पॉलिटी बोलते हैं तो क्या है क्या कहते हैं कैसे बोलते हैं तो आपको इंग्लिश की टर्मोलॉजी की भी जानकारी रहे बोलने में आपको हिंदी में रहेगा ठीक है दोस्तों चलिए पहले दोस्तों कि राजव्यवस्था क्या है वाट इज पोलिटी तो क्वेश्चन बनता है कि पॉलिटी क्या होती है मैंने अक्सर देखा है कि विद्यार्थी पूरा जान लेंगे आगे तक का जान लेंगे लेकिन मूल प्रश्न ये नहीं जान पाते कि राज्य व्यवस्था है क्या व्हाट इज पोलिटी को उनसे पूछे जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पूछ ले व्हाट इज द हिस्ट्री अगर कोई पूछ ले वाट इज द पोलिटी कोई उनसे पूछ ले व्हाट इज द जोग्रफी तो बता नहीं पाते तो पहले मूलभूत बातों को तो जान ले कि पॉलिटी है कि हम पढ़ किसको रहे हैं इसके पढ़ने से हमको फायदा क्या होने वाला है इसके हमको जानकारी क्या मिलने वाली है उसको हम लोग पहले जान लें तो दोस्तों पॉलिटी बड़ा व्यवस्था आप किसी भी संगठन को देखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखें किसी भी कंपनी को देखें किसी को भी आप देखें मैं तो यह तो कहता हूं कि हमारा जो घर परिवार होता है वह भी एक संस्था होता है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है तो जैसे किसी कंपनी किसी संस्था किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का एक तरीका होता है क्योंकि घर भी ऐसे ही नहीं चलता घर को भी चलाने का तरीका होता है मान लीजिए घर में छह सात मेंबर हैं दोस्तों अब उन छह सात मेंबर को ऑर्गेनाइज करना है घर को चलाना है तो उसका भी एक सिस्टम होगा कुछ नियम कानून होंगे कुछ कायदे होंगे क्या घर ऐसे ही चल जाएगा नहीं चलेगा घर को चलाने के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे कुछ सिस्टम बनाने पड़ेंगे तो जब घर को चलाने के लिए भी रूल रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं तो इतना बड़ा देश लगभग 135 करोड़ जनसंख्या का देश तो क्या इसको चलाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं नहीं बनानी पड़ेंगी कोई सिस्टम नहीं डेवलप करना पड़ेगा तो जो मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूं उस व्यवस्था की जो बात कर रहा हूं जो देश को चलाने के लिए है ट इज राजव्यवस्था मैन यानी कि पोल्ट्री तो पोल्ट्री क्या हुआ राजव्यवस्था क्या हुआ दोस्तों बताइए तो राजव्यवस्था हुआ राज व्यवस्था वह व्यवस्था जिससे देश का संचालन होता है देश चलता है देश की व्यवस्थाएं है चलती हैं देश चलता है दोस्तों अभी मैंने एक बर्ड यूज किया व्यवस्था यह भी थोड़ा जान लें व्यवस्था कर्थ क्या होता है वॉट इज द मीन ऑफ सिस्टम व्यवस्था का अर्थ क्या होता है व्यवस्था एक तरह से एक मशीनरी होती है इसमें जैसा इनपुट जाता है वो इनपुट जाने के बाद व्यवस्था उसको अपने अकॉर्डिंग क्या करने लगती है मूव करने लगती है उसके अकॉर्डिंग चलने लगती है जैसा होगा व्यवस्था उसके अकॉर्डिंग हमने आपको ढाने लगती है उसके अकॉर्डिंग सिस्टम पूरा पूरी जो मशीन चलने लगती है तो यानी कि व्यवस्था एक ऐसी चीज होती है कि जैसा आप उसके अंदर डाल देंगे उस परिस्थिति के अनुसार उन सारी के सारी जो भी उसके सामने घट गट रही घटनाएं हैं उन सारी घटनाओं को उन परिस्थितियों को साथ लेकर चलना शुरू कर देती है और उसके मुताबिक ही वो अपना रंग भी बदलती है रूप भी बदलती है अपनी सारी चीजों को ऑटोमेटिकली परिवर्तन करना शुरू कर देती है ठीक है दोस्तों तो व्यवस्था क्या हुई यानी कि देश को चलाने की एक व्यवस्था और व्यवस्था वो जो अपने अकॉर्डिंग सिस्टम क्या है सिस्टम क्या तो अपने आप उसमें इनपुट जाएगा और वो इनपुट अपने आप ही क्या करने लगता है काम करने लगता है वर्क करने लगता है लेकिन एक प्रश्न उठता है कि क्या व्यवस्था प्रवर्तनशील होती है क्या हमेशा प्रवर्तनशील रहेगी देश जब चाहे जो जैसे चाहे वैसे चला लेगा कि कल को सरकार कोई हो रही, उसने अपने अकॉर्डिंग हाँकना शुरू कर दिया देश को कल को कोई और देश सरकार और कोई सरकार आई उसने अपने अकॉर्डिंग हाकना शुरू कर दिया क्या सिस्टम ऐसे चल पाएगा क्या देश ऐसे चल पाएगा नहीं दोस्तों देश को उसको चलाने के लिए इस व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ इसको मर्यादाओं में बांधना जरूरी था ताकि सरकारें आए सरकारें जाए प्रधानमंत्री आए मुख्यमंत्री आए जाए लेकिन व्यवस्था जो है वो एक नियम कानूनों में एक मर्यादा में चलती रहे हां थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा वो समय की मांग होती है परिस्थितियां होती हैं ऐसे हालात होते हैं कि उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था में तो कुछ चेंजेस आने जरूरी होते हैं लेकिन मूलभूत चीजें बदलती नहीं है अगर मूलभूत चीजें बदल जाएंगी तो व्यवस्था रह ही नहीं जाएगी फिर कोई और नई व्यवस्था आ जाएगी जैसे राजतंत्र की जगह लोकतंत्र आ गया तो पूरी एक नई व्यवस्था हो गई कल को लोकतंत्र के सामने कोई और व्यवस्था आ जाए लेकिन वर्तमान में तो लोकतंत्र है ना तो उस व्यवस्था को चलाने के लिए कि व्यवस्था जो है वो मर्यादा में रहे नियम कानूनों में रहे एक सीमा में रहे थोड़ा बहुत होगा व्यवहार का मिशन थोड़ा बहुत होगा लेकिन कुछ सिद्धांतों पे चले कुछ नियमों पर चले इन सिद्धांतों पे चलाने के लिए इन नियमों पर चलाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक संविधान की संरचना की दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन की संरचना की संविधान की संरचना की डैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रश्न उठता है कि संविधान क्या है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान तो संविधान संविधान को मैं बहुत ही सामान्य शब्दों में बोलूं दोस्तों तो मैं संविधान को बिल्कुल ही सामान्य शब्दों में बोलता हूं कहता हूं संविधान क्या है एक दस्तावेज है एक परलेख है एक नियम कानूनों का एक क्या है जमापूंजी है या एक जगह एकत्रित एक करण है नियमों कानूनों का दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन तो संविधान क्या हुआ संविधान एक दस्तावेज एक परलेख और समान शब्दों में संविधान क्या है? किताब है साहब एक बुक है को, जिसके अंदर देश को चलाने के नियम कायदे कानून लिखे हैं कि हमारा देश कैसे चलेगा वट इज द प्रोफाइल ऑफ द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी व्हाट इज द राइट ऑफ द सिटीजन कि नागरिकों के क्या अधिकार होंगे ये कौन बताएगा संविधान बताएगा कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा दोस्तों ये सब चीजें हमको कौन बताएगा दोस्तों संविधान बताएगा कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा यानी कि सब बातें हमको किसके द्वारा बताई जाएंगी संविधान के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमको क्या जाएंगे दोस्तों बताई जाएंगी हमको संविधान सब चीज बताएगा तो ये सब बातें दोस्तों हमें किसके द्वारा संविधान के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या होंगी बताई जाएंगी तो संविधान क्या है एक सिंपल शब्दों में बात करें साधारण शब्दों में बात करें तो संविधान क्या है एक पुस्तक है बहुत सिंपल आ जाइए एक किताब है जो हमें यह बताता है कि हमारा देश हमारा कंट्री किन नियमों पर किन कायदों पर किन सिद्धांतों पर चलेगा वो सिद्धांत नियम कानून जहां लिखे हैं वो सब किसके अंदर लिखे हैं दोस्तों संविधान के अंदर लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हैं थोड़ा सा अच्छी सी शब्दावली में बात करें तो संविधान एक चार्टर एक दस्तावेज पढ़लेख दस्तावेज है या पढ़लेख है चार्टर है जो हमें यह बताता है कि सरकार के क्या कार्य होंगे सरकार के जो विभिन्न अंग हैं सरकार के मुख्यतः तीन अंग हैं दोस्तों विधायिका कार्यपालिका एंड न्यायपालिका अभी हम जानेंगे जिससे करेंगे कि विधायिका का कार्य क्या है कार्यपालिका कार्य क्या है न्यायपालिका कार्य क्या है और इन तीनों अंगों के बीच में किस प्रकार के संबंध है संबंध में हमको कौन बता रहा है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है संविधान बता रहा है तो संविधान एक दस्तावेज एक परिलेख एक चार्टर है जो हमें यह बता रहा है कि सरकार का कार्य क्या है सरकार के अंग क्या हैं सरकार के अंगों के बीच में क्या संबंध है और दूसरा यह बता रहा है कि नागरिकों के राइट क्या है कि वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया हम बड़े गर्व से कहते वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया कि जो हम भारत के नागरिक हैं हम नागरिकों के क्या अधिकार हैं क्या हमारे कर्तव्य हैं यह सब कुछ हमको कौन बता रहा है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बता रहा है किसे बताया हमको संविधान ने बताया सब कुछ हमको संविधान ने बताया <coughs> तो संविधान क्या हुआ जो हमको यह बता रहा है कि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या है संविधान यह भी बता रहा है कि सरकार राज्य और नागरिकों के बीच में किस प्रकार का संबंध है किस प्रकार का रिलेशन है ये सब कुछ हमको कौन बता रहा है संविधान बता रहा है तो सिंपल से मैंने अभी कहा आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्या है नियम कानूनों की किताब है जिन नियमों कानूनों पर सिद्धांतों पर हमारा देश हमारे देश की व्यवस्था चलती है राज्यव्यवस्था चलती है डैट इज द संविधान डैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन वो संविधान आपका हो गया